हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर से मेरे चैनल में आपका स्वागत है तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप कैसे अपने विंडो को एक्टिवेट कर सकते हो जो आपके सामने कोने में लॉगो आ रहा है इसको कैसे हटा सकते हो तो आपको क्या करना आप पूरे वीडियो को स्किप ना करें पूरा देखिएगा वरना आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको क्रोम ब्राउज़र खोल लेना है जो मैंने खोल लिया अपने कंप्यूटर में आपको यहाँ पर जो सर्च करना आप यहाँ पर देख सकते हो और मैं लिंक इन डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। आपको यहाँ सर्च करना होगा बिट डॉट एल वाई ओब्लिक t टी एक्स और आपको यहाँ पे इंटर मार देना तो जैसे आप इंटर करते हो आपके सामने कुछ कोडिंग आ जाएगी जैसे कि मैं सामने आ रही है तो आपको इसको क्या करना होगा इसको आपको कॉपी कर लेना है यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको आपको भी कॉपी कर लेना और यहाँ से आपको नीचे जाना आपका जो भी आपके सामने कंट्रोल पेन आता है वहाँ से आपको नोट खोल लेना है अपने कंप्यूटर में नोट खोल लेना नीचे सर्च मार के और यहाँ पे इसको सेव कर देना है। पेस्ट कर देना पेस्ट करके कर इसको सेव करना है तो आपको कंट्रोल एस कंट्रोल एस कर देना मतलब सेव कर देना तो मैं इस पर सेलेक्ट कर लेता हूँ ऑल फाइल्स और यहाँ पर ए जो आपके सामने इस ऑप्शन निकलो उसमें क्लक्ट करो और इसको मेन बात ये है कि तो आपको डिस्कटॉप साइज पे ही करना होगा तो मैं इसको डिस्कटॉप पे ही कर दूँगा सेव और मैं सेव मार दी इसको तो मेरे सामने आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है एक्टिवेट योर विंडो यानी आपकी विंडो एक्टिवेटिंग की जा रही है तो आफ्टर फाइव टू टेन मिनट्स आपकी ये एक्टिवेट हो जाएगी तो मैं वेट कर लेता हूँ फाइव मिनट्स का और यदि आप चैनल पर नहीं आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और यदि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहे तो आप लाइक ज़रूर करिएगा थैंक यू तो मेरी विद इन सेवन मिनट्स ये एक्टिवेट हो चुके हैं देख आपके सामने लिखा हुआ आ रहा योर प्रोडक्ट एक्टिवेट सक्सेसफुली यानी ये आपका जो विंडो है वो सक्सेसफुली एक्टिवेटेड हो चुकी है तो ये आपको एक्टिवेट हो और आपको इसको क्रॉज कर देना मतलब आपको हटा देना तो आपको देखो ये जो लोगो दिख रहा था नीचे पहले वो लोगो भी आपको यहाँ पे नहीं दिखने को मिलेगा और आप अच्छी से सारे फंक्शंस जो है यूज़ कर पाएंगे इजीली तो धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए और थैंक यू सो